ठीक है अपन चलते हैं आप आपका क्लेम्स वगैरह क्यों रिजेक्ट हुआ था उस पर अपन एक बार चेक कर लेते हैं अदरवाइज क्लेम वगैरह रिजेक्ट का क्या इशू है ठीक है आपको यहाँ से डालना है ई EPO, पी मतलब ये पी की की वेबसाइट है ठीक है ये वेबसेल वेबसाइट है ई पी ओ ओके आप यहाँ से इसको कैंसिल करने के बाद में केवाई सी अपडेट करते हैं केवा सी अपडेट एंड यूएन नंबर डालते हैं अपन यू एन नंबर दस चौदह अठाईस सेवन डबल एट सेवन फोर सिक्स एंड दासपोर्ट ओके ठीक है अब आप आपको कैप्शन डालना है ठीक है उसके बाद में एट आ, Uh, and Z, and B, and C. Okay, अप कर देते हैं okay, that's, uh, okay, आपके सामने ये विंडो खुल के आता है तो इसको फाइल न इसको अपन लेटर कर देते हैं ये बाद में समझेंगे आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में ओके okay, आपको जाना है आपका क्लेम रिजेक्ट क्यों हुआ है वो एक बार देख लेते हैं उसका इशू क्या है ठीक है आपको यहां से जाना है पासबुक पर पासबुक पर जाते ही एक और विंडो खुलेगा एक और विंडो पर आपको यूएन नंबर डालना है दस चौदह अट्ठाईस सेवन डबल एट सेवन फोर सिक्स ओके यहाँ पे आपको पासवर्ड फिर से फिल करना है ओके वन टू थ्री फोर फाइव ओके अब यहां पे इसको प्लस माइनस जो भी है थर्टी फाइव प्लस एंड थर्टी एट ओके उसको फिल करना है. पे login करना है, है, होते ही आपके पास हमने फिर फिर से एक window खुलती है. Sorry, ये, ये खुलती ये okay. अब यहाँ पे select member ID, that's C. अब पे सेलेक्ट पे करते हैं अपने जो भी सेलेक्ट आई डी है अब यहाँ पे आपको ये व्यू पासबुक व्यू पासबुक तो देखना नहीं है व्यू पासबुक विथ ओल्ड फूल आपको कुछ नहीं देखना है सिर्फ व्यू क्लेम स्टेटस आप इसपे क्लिक कीजिए एंड uh, आपके सामने रीजन बता देगा आपका क्यों रिजेक्ट हुआ है ये मैंने फॉर्म फिल किया था 12 जून को ओके okay? 12 जून को फिल करने के बाद में इसका 15 जून को कैंसिल तीन या चार दिन में, में मेरा मेरा कैंसिल कर दिया था <coughs> ठीक है अब इस पे आते हैं अपना रिमार्क इसने क्यू कैंसल किया था योर क्लेम्स एंड क्लेम आई डी दिस दिसके एंड अपलोड अ फिफ्टीन जी फॉम अदरवाइज़ आपको करना तो करिए नहीं तो इसमें पता है जी एस वगैरह बहुत कटता था तो एक्चुअली मैंने तो फिल किया है मैं भर देता हूँ अगर आपको भरना है एक्चुअली करना है तो आप कर सकते हैं ठीक है मैंने फॉम फिफ्टीन जी डैट्स ओके यहाँ से अपलोड कर लिया है इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी गई है आप इसको भी देख सकते हैं एक बार ठीक है तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ ये फॉम फिफ्टीन ओके चूज़ अ फॉम फिफ्टीन जी विथ ओके okay, ये इसमें आ गया है एंड यहाँ पे एड्रेस आपका जो भी फील करना है आपको दैट्स आप अपलोड स्कैन बाई कापी चेकबुक पासबुक ठीक है आप यहाँ पे आप इसको पीडीएफ में नहीं लगा सकते पीडीएफ में लगाएंगे तो आप उसको कैंसिल कर दिया जाएगा आप इसको जे में लगाएं एंड uh, आपको चेकबुक लगाएं चेकबुक वो ही लगाएँ जिस पर आपका नाम मैंशन हो अदरवाइज आप पासबुक लगा सकते हैं एक बार वो चीज़ देखें जिस पे आपका नाम मेंशन हो वही चीज़ लगाएं इसीलिए मेरा ए, क्लेम रिजेक्ट किया गया था ठीक है तो अपन पासबुक लगाते हैं मैंने पासबुक लगा दी गई ये एक्चुअली ये पीडीएफ में है इसको नॉट अपलोड देख लीजिए आप इसको जेपी और नॉट जे प्लीज़ अपलोड जे और जेपीईजी फाइल्स ओनली ये उसमें व्यूज नहीं कर रहा ओके तो अपन इसको आ, जे में लगाते हैं पी में अप्रूवल अब हम इसको जे में करते हैं ओके okay. पी में ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ओके okay. तो ये हमने जे वाली ओपन करी <coughs> ये जे वाली ओके दैट्स ओके अब इसको नीचे जाके आप स्लाइड करें स्लाइड करने के बाद में आप इस पर इसका टर्म ऑफ कंडीशन है इस पर क्लिक करें दैट्स ये ओके आपको जो भी आपका आधार कार्ड जिस नंबर से लिंक्ड है उस पे आपको एक नंबर आएगा गेट आधार ओ मतलब जो नंबर आपने आधार रजिस्ट्रेशन नंबर है जो मोबाइल नंबर दिया है उसी पे आपको एक ओ आएगा वो ओ आप फिल करें डेट्स ओके प्लीज वेट करने का बोल रहा है देखते हैं ओके okay, सेंड uh, कर दिया ओ अब मैं ओ डाल देता हूँ मेरे मोबाइल पे ओ आएगा एक अभी फ़िलहाल आया नहीं है okay, ओके आ गया आ गया आ गया ट्वेंटी फोर्टी टू डेट्स माई ओ टी पी ट्वेंटी सेवेंटी ट्वेंटी सेवेंटी एंड फोर्टी टू ठीक है अब इस पर अपन वेरीफाई कर देते वेरीफाई ओ टी पाई एंड सबमिट क्लेम ओके इस पर आइए आप ओके okay, यहाँ से सबमिट कर दीजिए ऑनलाइन क्लेम रिक्वेस्ट इज सबमिटेड एट पोर्टल ओके आपका सबमिट हो रहा है इस पोर्टल पर ओके okay, फ्रेंड्स आपका सबमिटेड हो गया है ओ टी पी हेज़ बिन वेरीफाइड एंड ई के वाई जे अपडेट एंड पी एफ फाइनल विड्रोल क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल प्लीज क्लिक हाउके पी वगैरह जो भी मतलब ठीक है आपका वैसे तो हो गया थैंक यू फ्रेंड्स एंड आपको जानकारी वगैरह अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में बताएं एंड सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें थैंक यू